24 जनवरी को इंदौर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्य यादव कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर उज्जैन पहुंचे तीनों क्रिकेटरों ने आम जनता की तरफ पूजा अर्चना की और भस्मारती में शामिल हुए पूजा के बाद सूर्य यादव ने बताया कि यहाँ आकर हमने महाकाल की भस्मारती देखी इससे हमारा मन शांत हुआ है हमने ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होने की कामना महाकाल के दरबार में की है महाकाल की महिमा दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है उज्जैन के राजा के दरबार में करोड़ों भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने आते हैं। इस महिमा के चलते टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव कुलदीप यादव और वॉशिंग्टन सुंदर चौबीस जनवरी को होने वाले वनडे मैच से पहले उज्जैन पहुंचे वहा उन्होंने पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए क्रिकेटर्स लोगों के बीच आम जनता की तरह खड़े थे जिस वजह से लोग उन्हें पहचान नहीं पाए क्रिकेटर्स ने गर्भगृह में जाकर धोती 16 पहनकर महाकाल का पंचमृत अभिषेक किया महाकाल दर्शन और पूजा अर्चना खत्म होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा की उज्जैन आकर हमने भस्म आरती देखी जिससे हमारा मन शांत हुआ हमने यह पूजा ऋषभ पंत पंत की की रिकवरी के लिए की है। हम कामना करते हैं कि पंत जल्दी ही ठीक हो और हमारे बीच खेलने आए। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत अच्छी आरती हुई शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और सबसे इम्पोर्टेंट